आज एक बढ़िया मुकाबले के लिए पिच को देखकर तो ऐसा लगता है कि गेंद थोड़ा नीचे की तरफ रहेगी बल्लेबाजों को एडजस्ट करना अगर आप टॉस जीते तो आंखें मूंद के कीजिए बैटिंग और टेल्स इज द कॉल एंड इट्स टेल्स टॉस जीत के गेंदबाजी आज अच्छा तो अंजाम अच्छा आज उम्मीद यही है कि सलामी जोड़ी करेंगे अच्छे तरीके से अंदाज समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का शुरुआत कर रहे हैं ऑफ स्पिनर के साथ गॉन आउट कॉट कर रहे हैं ये क्या सोच रहे हैं ये कैचिंग प्रैक्टिस है क्या पहली गेंद बन गई आखिरी गेंद खाते में एक रन भी नहीं गोल्डन और इस की पहली विकेट गेंदबाज के तोहफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता बल्लेबाजी टीम ने अब फैसला कर लिया है कि टॉप ऑर्डर के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है उन्हीं को भेजा जाएगा डर का बढ़िया थ्रो एकदम स्टंप्स के ऊपर दो दो हाथ करने की मंशा से आए हैं मैदान पर दुक्के के साथ किया है आराम डायरेक्टिट का प्रयास लेकिन मिस किया स्टम्प को आउट का इशारा अंपायर की तरफ से और सेलिब्रेशंस। बैट्समैन को बिल्कुल सहमति नहीं है अंपायर के इस डिसीजन से तो चल पड़े हैं तीसरे अंपायर की तरफ जी हाँ डिसीजन रिव्यू तीसरा अंपायर इन्वॉल्व स्टंप्स के सामने है, पर लगी है गेंद बिफोर का डिसीजन गेंदबाज के पक्ष में पहली गेंद पर गवा दिया अपना विकेट अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर जस्ट गो बैक तो बेसिक्स विकेट जहां था फील्डर वहीं थमाया कैच दूसरी गेंद दूसरी सफलता गेंदबाज इज ऑन अ रोल का बल्लेबाज अब मैदान पर है और उम्मीद यही है नियंत्रण प्रदान करेंगे वो अपनी टीम को तू चल मैं आया की कहानी गेंदबाजी इज और सही जजमेंट का सही नतीजा बढ़िया कैच एक और सफलता नया खिलाड़ी मैदान पर अब कोशिश करनी है इनको कि अंत तक जमे रहें और टीम को ले जाएं सेफ्टी तक कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुआत गेंद की रिप्लेसमेंट मंगवानी पड़ेगी आसानी से मिलने वाली है नहीं सिक्स। पहली गेंद पर छक्का इससे बेहतर शुरुआत कहां है संभव बल्लेबाज के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश। खामोशील्डर कर रहे थे इंतजार गेंद गई उनकी झोली में बल्लेबाज गया पवेलियन की तरफ कुल साधारण बल्लेबाजी गिफ्ट में दे दिया थोड़ा सा इनको संभल के खेलना होगा और कोशिश करनी होगी कि अंत तक ये नाबाद रहे फुर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो दो दो हाथ करने की मंशा से आए हैं मैदान पर दुके के साथ किया है आराम। समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का शुरुआत कर रहे हैं ऑफ स्पिनर के साथ साधारण बल्लेबाजी गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट नया बल्लेबाज क्रीज पर और नया काम करना होगा स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा आगे वाले पांव को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षात्मक अंदाज में खेला की अच्छी एफ और बढ़िया थ्रो भी क्विक सिंगल पारी की शुरुआत अच्छे अंदाज में फील्डर की अच्छी एफ और बढ़िया थ्रो भी गेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉक्सिंग का किया है इस्तेमाल कलाइयों को मोड़ा एक और रन भटोरा अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बेहतर भागने की गति बूंद से गागर भरता है सिंगल के साथ रनों में इजाफा ओवर की समाप्ति नेक्स्ट स्पिनर को थमाई गई है अब अगेंद फील्डर का बढ़िया थ्रो एक स्टंप्स के ऊपर कलाइयों का कलाकार है ये खिलाड़ी पैरों पर अगर डालोगे गेंद तो रन बटोरेगा ये। बढ़िया जजमेंट तेज रनिंग बढ़िया रन बटोरा बल्लेबाजों ने पैरों पे गेंद कलाइयों को बढ़िया भरियाले ग्लांस चीते को पीछे छोड़ दें इतनी तेज भागा यह बल्लेबाज बैट्समैन की गलती फील्डर की मस्ती मिल गया एक और दिकेट तोहफे में दे गए अपनी विकेट छल्ले क्रम के बल्लेबाज को ऊपर भेजना तो क्या सवालों के जवाब पूछने वाले हैं देखते हैं आज बढ़िया जजमेंट तेज रनिंग बढ़िया रन बटोरा बल्लेबाजों ने क्विक सिंगल पारी की शुरुआत अच्छे अंदाज में इससे बेहतर शॉट क्रिकेट में आपको दिखेगा नहीं खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर सटीक थ्रो डायरेक्ट हेट बल्लेबाज खतरे में बल्लेबाज ने आगे की तरफ पैर निकाल के गेंद को रोका बढ़िया गेंद कोई रन नहीं को पीछे छोड़ दें इतनी तेज भागा यह बल्लेबाज हां और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स गेंदबाज का अच्छा तालमेल बढ़िया थ्रो एक और नो बॉल। ये एक्स्ट्रा बाद में बहुत महंगे पड़ेंगे इस टीम को और क्रीज पे खड़े बल्लेबाज के लिए है अब ये फ्री हिट मौका तो पूरा था लेकिन फायदा उठा नहीं पाए हुजूर। फ्री हिट गवा दिए की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है मिड विकेट क्षेत्र में बूंद बूंद से गागर भरता है सिंगल के साथ रनों में इजाफा ओवर की समाप्त बोलिंग चेंज का है समय वैसे तो इनके नाम के आगे मीडियम पेसर लिखा है गेम, डॉट गेम। आगे वाले पांव को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षात्मक अंदाज में खेला या या या या। फुर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो है ये और क्लियर भी करेगा फील्ड को अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बेहतर भागने की गति रंस खर्च करना इस गेंदबाज को बिल्कुल पसंद नहीं एक और किफायती ओवर लेग स्पिनर को थमाई गई है अब गेंद बल्लेबाज को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंदबाज की शॉट इतना सीधा कि तीर शर्मा जाए ऐसा स्ट्रेट ड्राइव फील्डर और गेंदबाज का अच्छा तालमेल बढ़िया थ्रो फील्डर्स पे डाला दबाव एक को किया दो में तब्दील बल्लेबाज ने आगे की तरफ पैर निकाल के गेंद को रोका रणजीत सिंह जी जाने जाते थे इस शॉट के लिए लेकिन लगता है इस खिलाड़ी ने भी महारत हासिल कर ली है इस लेग ग्लास की अच्छी एफ है और बढ़िया थ्रो भी डायरेक्ट हिट का प्रयास टम्प को मिस किया मौका दबा दिया बोलर का नुकसान बल्लेबाज का फायदा अंपायर ने सिग्नल की है थ्री हिट। मुफ्त की गेंद थी लेकिन फायदा उठा नहीं पाए चौका छक्का लगा नहीं पाए मुफ्त की गेंद थी लेकिन फायदा उठा नहीं पाए चौका छक्का लगा नहीं पाए बल्लेबाजी टीम के लिए एक बढ़िया ओवर कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर नाजुक हाथों से खेला ऑन साइड की दिशा में और कितना आसान बना देते हैं ये बैटिंग कर चीते को पीछे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्लेबाज बढ़िया जजमेंट तेज रनिंग पढ़िया रन भटोरा बल्लेबाजों ने फुर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो पांचों उंगलियां मिलके बन जाती है मुट्ठी और यही काम कर रही है ये टीम मुठभेड़ के लिए है तैयार फील्डिंग में है पूरे जाबाज एक और डॉट गेंद अब दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजी की टीम पर दो रन से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया है थोड़ा सा परेशान किया है गेंदबाज को ओवर की आखिरी गेंद पर बटोर लिए हैं दो रन समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का शुरुआत कर रहे हैं और के रणजीत सिंह जी जाने जाते थे इस शॉट के लिए लेकिन लगता है इस खिलाड़ी ने भी महारत हासिल कर ली है इस फील्डर का बढ़िया थ्रो एकदम स्टंप्स के ऊपर फ्लिपर डाली तेजी से अंदर स्टंप्स बिखर गई है चारों ओर मत यह है अपनी मैं नहीं हूं छल्ले बल्लेबाज जरूर हैं ये लेकिन ये सवाल पूछना जानते हैं ये जवाब देना जानते हैं सही ठिकाने पर गेंद बल्लेबाज खामोश फील्डर का बढ़िया थ्रो एकदम स्टम्स के ऊपर क्विक सिंगल पारी की शुरुआत अच्छे अंदाज में पैरों पे गेंद कलाइयों घुमोड़ा बढ़िया लेग ग्ल्स स्टम्स का निशाना साधा और सही तीर निशाने पर जबरदस्त अपील ये बोलर और पूरी फील्डिंग यूनिट की क्या सही समय पे पहुंच गए वो क्रीज में अंपायर ने कहा जी हां नॉट आउट क्लीन स्वीप है ये और क्लियर भी करेगा फील्ड को फील्डर की अच्छी है और बढ़िया थ्रो भी कप्तान ने वीडियो पेसर को बुलाया है अटैक पर थोड़ा नाजुक हाथों से खेला ऑन साइड की दिशा में और कितना आसान बना देते हैं ये बैटिंग को फील्डर और गेंदबाज का अच्छा तालमेल बढ़िया थ्रो yeah, yeah. फील्डर का बढ़िया थ्रो एकदम स्टम्स के ऊपर स्टेपिंग यानी कि ओवर में एक्स्ट्रा बॉल नो बॉल डिसाइड की है अंपायर ने टाइम फॉर अ फ्री हिट अच्छा मौका है बल्लेबाजी यूनिट के लिए कुछ रन बटोरने का मुफ्त की गेंद थी लेकिन फायदा उठा नहीं पाए चौका छक्का लगा नहीं पाए इसे कहते हैं बढ़िया फील्डिंग बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे हैं बल्लेबाज के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश चतुराई भरा मिश्रण गेंदबाज को फिर नहीं मिला रूम खामोश वो है और स्कोरबोर्ड भी गति में किया परिवर्तन चकमा दिया बल्लेबाज को और चारों खाने चित। नाजुक हाथों से खेला ऑन साइड की दिशा में और कितना आसान बना देते हैं ये बैटिंग आह ओवर थ्रो। अब बैकअप करने वाले फील्डर को करना पड़ेगा संपूर्ण समर्पण अच्छा शॉट अच्छी जजमेंट दो रन का इजाफा स्कोरबोर्ड में यह बात तो तय है कि आज गेंदबाज पवेलियन मुस्कुराते हुए जाएंगे ज अच्छा तो अंजाम अच्छा आज उम्मीद यही है कि सलामी जोड़ी कमान अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बेहतर भागने की गति दो दो हाथ करने की मंशा से आए हैं मैदान पर दुक्के के साथ किया है आरंभ हा और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स चौथे गियर में की है शुरुआत चौकी के साथ खाता खोला तो क्राउड में भी हेलमेट बटवाने पड़ेंगे एक और गेंद गई है स्टैंड्स में। ये शॉट अगर मैंने लगाया होता तो मैं बहुत ही गौरवान्वित होता सिर्फ जबरदस्त शॉट है ये दो छक्के लगातार दुगना मजा पहले आई बल्लाबाद में समस्या अपने साथ लाइए गेंद फुर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो बहुत ही महंगा ओवर और गेंदबाज निराश चेंज ऑफ पेस का प्लान है पास बोलर को बुलाया गया है अटैक में एक को किया दो में तब्दील बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट फील्डर की अच्छी है और बढ़िया थ्रो भी बढ़िया जजमेंट तेज रनिंग बढ़िया रन बटोरा बल्लेबाजों में सेटअप सही समझ बूझ के साथ पकड़ा इस कैच को फील्डिंग यूनिट की मदद के चलते मिली एक बड़ी सफलता इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है दे दे दे। दे दे। दे चीते को पीछे छोड़ दें इतनी तेज भागा यह बल्लेबाज दमदार शानदार शॉट डीप कवर्स के रीजन में बॉलर को अलविदा कहा है चौके के साथ एक और ओवर की समाप्ति और समय है बोलिंग में चेंज का कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर गेंद को हल्के से धकेला है मिड विकेट के रीजन में फील्डर और गेंदबाज का अच्छा तालमेल बढ़िया थ्रो इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुआत गलती गेंद को कहा टाटा बाय बाय मिल गए चार रन क्या करते हो भाई कैसे करते हो भाई अपने शॉट से निराश जरूर हैं क्योंकि पकड़ा गया है कैच पर आए हैं तो उम्मीद यही है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे इसे आप स्लॉग स्वीप भी कह सकते हैं क्योंकि डीप मिटविकेट के रीजन में जला है ये पावरफुल शॉट दो दो हाथ करने की मंशा से आए हैं मैदान पर दुक्के के साथ किया है आरंभ हवा में है शॉट, फील्डरों को छोड़ो दर्शकों को भी नहीं लगेगी हवा स्टेडियम के बाहर छह रन ऊंची दूर गई है रॉकेट की तरह इसे कहते हैं संभल कर खेलना दो रन के साथ संभाल रहे हैं अपनी टीम को बदलाव करने की है कोशिश फास्ट बॉलर को बुलाया गया है ग्रेट कैच सुरक्षित हाथ है सिलिंडर के कैच साधारण बल्लेबाजी गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट थोड़ा सा इनको संभल के खेलना होगा और कोशिश करनी होगी कि अंत तक ये नाबाद रहे फील्डर का बढ़िया थ्रो एकदम स्टम्प के ऊपर दो दो हाथ करने की मंशा से आए हैं मैदान पर दुक्के के साथ किया है आराम। शुरुआत तो अच्छी थी लेकिन हुआ एक अबरप्ट एंड बढ़िया पकड़ा कैच कमाल की गेंदबाजी वन मोर बैट्समैन टेस्टमैच अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है बहुत आसान सा कैच डीप में ऐसा लगता है फ्री होम डिलीवरी देकर गए हैं कैच दूसरी गें, दूसरी सफल गेंद सफलता ऑन नया बल्लेबाज आया है क्रीज पर अब उम्मीद है कि ये टीम की उम्मीदों पे खरा उतरेगा बहुत करीबी मामला था विकेट मिलती सूझबूझ के पकड़ा इस गेंद को फील्डर ने एक और बढ़िया गेंद एक बार फिर रन नहीं हॉस्पिटर को बुलाया क्या गेंद टर्न होगी क्या गेंद स्टंप्स पे जाके लगेगी? अब यहां तो भागने की भी जरूरत नहीं जिसका हम सबको बेसब्री से था इंतजार वो घड़ी आ ही गई लग गया चौका दिया महीन सी दी दरार उसमें से क्या खूबसूरत अंदाज में विजय प्राप्त की खिलाड़ी ने मिली एक आसान सी जीत लेकिन सेलिब्रेशंस आपको बता रही हैं कि इस जीत का महत्व पहचानती है ये टीम